एमपी में एक बड़ा बीज घोटाला सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है आदिवासी जिले ढिंडोरी में कृषि विभाग ने ग्राम सेवकों के माध्यम से तरफा योजना के अंतर्गत धरती पुत्र किसानों को कागजों में चना बीज बांट दिया इसका खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट रूपभान पाराशन ने किया है मध्य प्रदेश में घोटाले होना कोई नई बात नहीं है आरटीआई एक्टिविस्ट रूपभान पाराशन ने कृषि विभाग से पहले आरटीआई के माध्यम से दस्तावेज लेकर गाँव गाँव जाकर किसानों से मिलकर बीज घोटाले का खुलासा किया है वर्ष 2021-22 में चना बीज वितरण घोटाला उजागर होने के बाद कृषि विभाग में अफरा तफरी का माहौल है तो वहीं जांच की आज विभाग तक आना तय है समनापुर जनपद के ग्राम मोहदा में आरटीआई कार्यकर्ता रूप भन पराशर ने दस्तावेजों के साथ ग्रामीण किसानों से चर्चा की तो पता चला कि गांव में लगभग सत्रह किसानों के नाम कृषि विभाग के दस्तावेजों में चना बीज प्राप्त की श्रेणी में अंकित किए गए हैं जबकि जमीनी स्तर पर बीज बटे ही नहीं किसानों ने बाजार से खरीद बीज खेतों में डाले थे ऐसे में महोदय ग्राम के किसानों ने जिला प्रशासन से बीज घोटाला करने वाले के खिलाफ जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की है आज तक कभी तो तो नहीं मिला है गए हैं पर नहीं मिला है अब इनसे इन, इन बताबी सब किसान तो खड़े है, है? डेढ़ सौ से ऊपर हैं किसान का योजना टोला में जो बात जो बत्तर है उनको मिल रहे नहीं मिला नहीं मिला दुकान ऐसी लाए है साहब हाँ दुकान ऐसी खरीदे है बीज ठीक है बोले मिल जाएगा लेकिन वहाँ जाने के बाद में बीज हमको नहीं मिला एक नहीं दो दो बार तक गए फिर इसके बाद वहाँ संगनापुर से जाने के बाद में डिंडोरी भी गए वहाँ भी गए वहाँ से भी नहीं मिला मेरा विचार था कि मैं एक सौ छियासी लगाने वाला था लेकिन ए, एक सौ इक्यासी भी नहीं लगा पाया नहीं? और अपने अपने आदमी को शाम के आके सात बजे के, के बाद नाम लिख के और रात में ले जाते हैं सवेरे जा के अपना अपना आदमी जाके लेके आ जाते हैं। इसी तरह से वर्ष 2021 में ग्राम के करझार निवासी किसान राम कुमार को 30 किलो चना बीज 1140 रुपए में मिला है जबकि उन्होंने बताया कि उनके नाम के आगे पिछहत्तर किलो बीज विभाग ने चढ़ाया हुआ है सवाल यही है कि आखिर किसानों के नाम का चना बीज गया कहाँ योजना के तहत हमें पचहत्तर किलो खाये है मिला है तीस किलो चना ग्यारह सौ चालीस दो हजार इक्कीस मिलना था बताए हैं इस पूरे मामले में आरटीआई कार्यकर्ता आई कार्यकर्ता ने कहा कि लाखों रुपए खर्च उनके द्वारा बीज घोटाले ढिरी के सात विकास खंडों से उजागर किया गया है जिसकी उच्च स्तरीय जांच किया जाना चाहिए चना का अधिकार लगाया रहा कृषि विभाग में वहाँ से जो जानकारी प्राप्त हुई उसी तरफा योजना के अंतर्गत चना बीज और मसूर का वितरण बदलाया गया है तो मैंने गाँव गाँव में जाकर संपर्क किया तो वहाँ से पता चला कि कुछ किसानों को जो तो बीज दिया ही नहीं गया है ना उनको जानकारी है और कुछ किसानों को 75 किलो बीज देना बतलाया गया है जो कि पूर्णतः गलत है उन किसानों को मात्र 30 किलो बीज दिया गया है जिसकी राशि भी कई गुना बढ़कर लिया गया है बारह सौ रुपए तीस किलो चने का इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला है इसमें पुराने उप उपसंचा, प्रभारी उप रहे अश्विनी झारिया जी उनके कार्यकाल का ये बीज वितरण है वो खबरें